सिंगरौली में विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया यह या यात्रा जिले के विभिन्न गांवों से होकर निकली और जनता को केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाए गए शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई इस दौरान सिंगरौली विधानसभा में विधायक रामलल्लू लल्लू वैश द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी साझा किया गया सिंगरौली में बंधा वार्ड क्रमांक दो से विकास यात्रा का शुभारम्भ किया गया यह या यात्रा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई गई शासकीय योजनाओं की जानकारी देते हुए जिले के विभिन्न गाँवों से होकर निकली साथ ही सिंगरौली विधानसभा विधायक रामल्लू वैश्य द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी साझा किया गया और प्रयास किया जा रहा है यदि किसी गांव व शहर में कोई भी व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित है तो मुख्यमंत्री जन योजना के तहत उनका आवेदन लेकर हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ दिलाए जाए इस विकास यात्रा में सिंगरौली विधायक रामलल्लू लल्लू वैश भाजपा जिला अध्यक्ष राम गुप्ता नगर पालिका निगम अध्यक्ष देवेश पांडे सहित नगर निगम व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे एक अधिकारियों तो के साथ नहीं। नहीं। वाएगे वाएगे वाएगे को लाग से, से दे रहे हैं की आपको कहा है